आखिर क्यों एक कोने से कटे होते हैं सिम कार्ड जाने सिम के डिजाइन से जुड़ा यह फैक्ट। ऐसे में लोगों को कई बार यह समझने में काफी दिक्कत होती थी कि सिम का सीधा हिस्सा कौन सा है और उल्टा हिस्सा कौन सा है कुछ लोग तो सिम का सीधा और उल्टा हिस्सा ना पहचान पाने की वजह से उसे अपने मोबाइल फोन में उल्टा ही लगा दिया करते थे इसके बाद नेटवर्क न आने आरोप सिम को दोबारा निकालने में भी काफी परेशानी होती थी यहां तक कि कई बार सिम की चिप भी ख़राब हो जाती थी